सामाजिक स्तरीकरण समाजशास्त्रीय अर्थ में परिस्थिति से संबंधित नहीं है सामाजिक संरचना में स्थान संस्तरण में पद अधिकारों का समूह कर्तव्यों का समूह व्याख्या किसी पद या समूह की संरचना के अंतर्गत एक निर्दिष्ट समय पर व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा समान उसकी परिस्थिति होती है परिस्थिति शब्द एक समाज परिस्थिति शब्द एक संबंध सूचक शब्द है अर्थात प्रत्येक परिस्थिति का एक दूसरी परिस्थिति या परिस्थितियों के साथ संबंध के संदर्भ में ही अस्तित्व होता है प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ निश्चित अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं संस्करण में किसी व्यक्ति समूह का पद निश्चित होता है परिस्थिति नहीं परिस्थिति सामाजिक संरचना का एक अंग होती है